आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज नेचर सेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे वाइल्ड सेज या स्पेनिश फ्लैग लेंटाना कमारा वर्बिनेसी का ये प्लांट है ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसके कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और नाइन्टी नाइन कंट्रीज में एज ए वीड ये ग्रो कर रहा है और आज हम इसके औषधीय गुणों की चर्चा करेंगे वैसे तो कहीं कहीं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में इसका उपयोग चेयर बनाने के लिए टेबल बनाने के लिए भी किया जा रहा है इसके कोमल पत्रों से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो मॉस्किटो रिपेलेंट का कार्य करता है मच्छरों को भगाने के लिए कई कॉस्मास्यूटिकल फॉर्मलेशंस में इसका उपयोग किया जाता है एंटी एक्टिविटी होने के कारण स्किन केयर के लिए एंटी फंगल एक्टिविटी होने के कारण बालों को हेल्दी रखने के लिए रूट हेयर्स को स्ट्रोंग करने के लिए और डेंड्रफ से मुक्ति के लिए भी इसके पत्र का पेस्ट बनाकर बालों में लगाना चाहिए तदुपरांत आप लूपॉम वाटर से बास कर सकते हैं एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल एंटी मलेरियल एक्टिविटी भी इस प्लांट की होती है तभी उपयोगों के लिए क्या कर सकते हैं पत्र का काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं अच्छा ये कार्य करता है ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं तो रेसेज हो जाते हैं इस बात का भी आप ध्यान रखिए आप इसका उपयोग करना बंद कर दीजिए आपकी नॉर्मल अवस्था आ जाएगी लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डोज़ का विशेष ध्यान रखिए इसके सुंदर पत्र इसके फूल एंथलमेंटिक एक्टिविटी के लिए एंटी लिशमेंडल एक्टिविटी के लिए एंटी पैरासाइटिक एक्टिविटी के लिए एंटी फंगल एक्टिविटी के लिए एंटी वायरल एक्टिविटी के लिए एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं मल्टीपल एल्कलॉइड्स फ्लोनाइड्स ग्लाइकोसाइड्स पोलिफिनिक कंपाउंड इसके अंदर पाए जाते हैं और इसकी लकड़ी का उपयोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है साथ ही साथ मित्रों एलिलो केमिकल इसका इफ़ेक्ट होता है तो ये जब फ्लोरिश करता है किसी और प्लांट को फ्लॉरिश नहीं करने देता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इसका कल्टीवेशन और कल्टीवेटेड मटेरियल से असेंशल ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का भी कार्य कर रही है जो कि बाद में कई हर्बल फॉर्मेशन्स में उपयोग में आता है ये नेचुरल कंडीशनर का भी कार्य करता है और एंटी डेंड्रफ तो ये है ही विशेष गुणकारी है और औषधिय दृष्टिकोण से इसका और भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है क्योंकि इसका एग्रीकल्चर जो कॉस्ट है कल्टीवेशन कॉस्ट है वो मिनिमम है रोड साइड आसानी से आप इसको देख सकते हैं मित्रों ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके स्टेम के ऊपर छोटे छोटे महीन कांटे होते हैं और ये जो आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कांटे होते हैं टॉन्स जैसे होते हैं तो उनके साथ आप केयरफुल हैंडलिंग कीजिए एरोमेटिक ऑयल इसके अंदर होता है सुंदर मल्टी कलर इसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे इन सब से हम असेंशल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बाद में कई फॉर्मलेस जैसे सोप बनाने के लिए शैम्पू तैयार करने के लिए कंडीशनर तैयार करने के लिए फेस मास्क तैयार करने के लिए हम इसको उपयोग में हैं मित्रों क्योंकि इस प्लांट के कल्टिवेशन के लिए किसी विशेष टेक्निक की या खर्चे की आवश्यकता नहीं होती है तो आप इसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं और कमर्शियल कल्टीवेशन के बाद आप शैला कैप से भी संपर्क कर सकते हैं वो इसका असल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एलियलो इफ़ेक्ट होने के कारण अगर आपने इसको लगाया है तो फिर और क्रॉप आसानी से नहीं लगती है प्लांट के एक्सट्रैक्ट से मदर टिंक्चर भी तैयार किया जाता है जो एंटी एलर्जिक एक्टिविटी एंटी आर्साइटिक एक्टिविटी आप इसके मदर टिंक्चर का उपयोग कर सकते हैं आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं कटिंग के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं जानकारी को आप शेयर कीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करते रहें ताकि नित्य प्रति आपको एक नया प्लांट नए औषधीय समाधान आपको मिलते रहें इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूँ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार